बाड़ी के लिए लगे आप आप आप जो हम अंदर कुछ आउटे आज सबसे स्ट्रांग मैच अब खत्म मैचिंग फिल देख लिया यार से बोले लखनऊ से टी-2 के बीच पवन शंकर रेडर कर दिया है यार और दूसरे दान वाले आपको एक प्रो डिफेंस कर दिया है यार यार यार कोई प्राइज मुझे जीत लेंट ले जा रो तो टारगेट और एमपी रेड कर बस टांड इन पे ठाड आ रही है ठाड आ रही है बस बस ठाड ठाड एक जो बोहोत तेज यार इतने तो वही तो लड़ना था यार बन्न सकते हो यार यादव लमरे ए कालो एने करा पाए तो गेबा रे ये बस आ रे टीम क्रिकेट तो देखो इन मिल ते इनको प्राइजा जैसे प्राइजी से जुबेश धानू बस उन्नीस बॉर्डर लाइन से बाहर उम्मेदगंज में चला ये छक्का निकलता है मिस्टर पिंकू के हाथों से अब पीछे पीछे जा बहुत तेज है अभी भी ट्रैफिक में तो काला मिस्टर कापा का आज की पहली गेंद में बिगड़ ले चुके हैं और वहां पर अच्छी गेंदबाजी करते हुए केशव हमें जोर तीन लगा रहा है थर्ड तो है है, है। तो तो। तो ये रहे। Legends... अब सुपर टैकल अरे यार के लिए कोरे दे दे पॉइंट पॉइंट प्लस क्या डी सी जनता ये तो बहन रहते तब तो कुछ भी हो सकता है कत चालीस मिनकाज के चालीस नागा। नागा। बोरास, बोरास, बोरास, बोरास। को पीला स्कोर गाय है 30 उन्नीस है कुछ सुड़ा क्या हूँ यार आठ मिनट है बहुत अभी बंदा बोनस, बोनस, बोनस, नहीं बोनस है, बोलने से <सवागी> <सवागी> नहीं बारह नंबर वाले में अकेले यार बंदा ये तो तूल सी एंडो ये भी उड़ते ओप्पन भी ले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 गया एक क्यों कहने चल बारह नंबर वाला चंडीगढ़ बस कौन साइड में हो गया जा भाई साहब पूरन राजपूत एस्य पड़ो दीवी दीवी है। कार यहाँ पर के कांड तेरी ए दो पॉइंट एकजनरे पाकि अगला मैच दिखाना यार ओके कपिल भाई अरे अगला मैच दिखाना यार ओके भाई दिखाऊंगा इन पर छोड़े यार <laughs> तीन पॉंग, तीन पॉंग. तो कितने बारि ग यार बंदे। <laughs> खुज नाम मिल छड़े बकरास का सेकंड राउंड थर्ड राउंड है दो बारी निकी नी जीत गई थी <laughs> wow. Eber <laughs> and que não divida que não vai nem para o lado também com é igual go vai sabás ये रे ये रे ये रे अरे यार बकरास वाले तेरे यार आगे सुना तो तो तो है ना यहाँ जीज। पर बकरास पर あののにか。わけのない。あの、そう、やばい、1000円。2000円。 हां भाई सुनो इधर आओ इधर आओ Yeah, what is up? Yeah. What is up? Yeah. <laughs> <laughs> <laughs> e <laughs> <let it> <laughs> <let it> <laughs> <laughs> Jaya jaya! The Crash versus Syariah. Eh benyog itu, to to to. Jaya, koi ni koi ni. Jaya. क्या बोल रहे तू नहीं बोलता बच्चे घर आ रहे बच्चे डर आ रहे बच्चे नहीं गाड़ी है पीछे पीछे शर्माने पास जुड़े हुए खेल रहा है अंकल है हकनक ता दादा को ये फौजी आ गया फौजी सब आ पोती साहब ये ये ना ना बेकार चोरी तो इन्हें नी चोरी है बिल्ची देखा मंदोन चाचा खुलिया मंदोन चाचा मंद चाचा जबाश शाबाश मगराज वाले वन साइड मैच हो गया एबे मुंदन चाचा मत लो आज ए ए और बूढ़े क्यों हो श्याम जी देखोगे जबा कपिल बकरा द्वारा टीम ऑन साइड मैच करते हुए bu da biz geva पकड़िए में मोदन चाचा जूत है ऊपर जा ऊपर